बातें मेरी मान पहले थोड़ा मुझे जान ले अपने रियल हीरो को आज तू पहचान ले आज सब जानते है तेरे यार को फेक मत समझ लेना मेरे इस प्यार को माना तू वो लड़की जो मेरे ऊपर मरती है सबसे ज्यादा प्यार तू मुझसे ही तो करती है बात ये बताने लिए मुझ से कितना डरती है साइड वाली लड़की मेरे लिए पानी बरती है।